दिल्ली बुलेट चलाएगा ना बिटू ओ मेरा बेटा बुलेट चलाएगा भाई बुलेट वाला बुलेट वाला जय जो बुलेट से स्कूल जाएगा भाई मेरे बेटू बुलेट से जाएगा किट्टी थे ना। भाई। पापा ओ, <laughs> है। दिल्ली भी ले चलेगा ना पापा को बेटू ले चलेगा दिल्ली दिल्ली ले चलेगा क्या बेटू चले दिल्ली चला लेगा बुलेट मेरी हा बिटू स्कूल से बुलेट जाएगा ना मेरे बेटू मेरा बेटू स्कूल में जाएगा भाई बुलेट चलाता वह चलेगा जैंसू हरा भाई बुलेट वाला जयंशु बुलेट वाला जे भाई बुलेट वाला जयंशू है ममा को भी चलेगा ना बेटू अरे बेटू मामा को बिटाएगा नहीं बिटाएगा हा बिटू हा बेटू मम्मा को बैठाएगा ना बेटू इधर देखो तो ओ जानसू इधर देखो मेरे बेटा तो, मेरे जानसू इधर देखो तो मम्मा को ले चलेगा ना चलेगा ना ले चलेगा ना हाँ बेटू मामा को ले, चले ले, चले ले चलेगा हा बेटू ले चलेगा मामा को हाँ ले चलेगा बेटो मम्मा को मम्मा को बैठा लेगा बोलेट पे या अकेला जाएगा हार बेटू अकेला चलेगा ये ममा को आ? ले चलेगा हाय बेटू ममा को ले चलेगा क्या हाय बेटी को ले ले चलेगा क्या ओ मेरे बेटा बदमाश भाई पापा मारते मेरे बेटे को भाई मम्मी को ले चलेगा जैंसू तू बोला नहीं चेहरे वो तो बोल देता भाई हाँ मैं तो मम्मी को ले चलूंगा हा बेटू हा बेटू अरे दादी को ले चलेगा क्या आपकी दादी को हाँ आप बेटू आपकी दादी आप <सथाथा> नाने को ले चलेगा हा बेटू अरे बेटू नानी को ले चलेगा नानी को नानी चलेंगे ना अपन बुलेट्स नानी से चलेंगे ना चलेंगे ओ भाई नाना जी को भी ले चलेगा तो दादा जी को भी ले चलेगा मामा को भी ले चलेगा हा बेटी ले चलेंगे ना अपन ममा को ओ मेरे बेटू ममा को ले चलेगा भाई अरे बेटी हाँ भाई मेरे बेटो खेल रहा है भाई दिल्ली चार ओ बेटो बुलेट आ गई बुट आ गए बुलेट वाला जेन्स आ गया बुलेट वाला जैन सालायेगी ना हार बेटी ऐसे चलाएंगे ना बुलेट बुलेट कैसे ऐसे चलाएगा बुलेट हे बेटू ऐसे चलाएगा ना बुलेट बीटू बुलेट चलाया बुलेट रे बेटू हा बेटू देखो मम्मा मामा का मामा मामा मामा बोलो मम्मा, मम्मा, मम्मा मम्मा मम्मा, मम्मा, बोलो तो देखो मम्मा, मम्मा मामा मामा मामा मामा कहा मामा मम्मा मार मामा कहा मा, मामा बोलो मार बोलो, हार बेटी मम्मा कहा गई मम्मा आवाज लगाओ तो मामा मामा मम्मा मम्मा बेटो आवाज लगाओ मम्मा को देखो मम्मा कहा गई ऐसे बोलो भाई दूध पिला दो रे मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी भूक दूध पिला दो दूध पिला दो मुझे हाँ बेटू मामा कावा लगाओ तो ओ बेटू देखो मामा कावा लगाओ मेरे बेटो देखो कैसे करता है मामा मामा कहा गई देखे हाँ बेटू मामा कहा गई मामा कहा गई बेटू देखो दादी को वाला लगाओ तो आ जाओ दादी वो मेरी दादी आ जाओ आप आ जाओ मुझे याद आ रही है आपकी जोल से हाँ बेटू दादी को वाला लगाओ तो बेटू दादी को वाला लगाओ मेरे बेटू लगाओ ना आवाज ओ ओ रे मेरी बेटी तो दादी को बोल लगा भाई दादी को रही मेरी बेटी तो हा बेटू आवाज लगा रही मेरी बेटी दादी को बेटू देखो नानी कहा गई बेटू नानी मोची मोची भी आई थी ना मोची कहाँ गई हाँ बीटू मोच कह मोच की आदारी सोचा गुड नाइट सोएगा ना बेटू अब तो दूध पिएगा ना बीटू मेरा बेटे दूध पिएगा भोग लगी है मम्मा को बोलता हूँ अभी भेजूंगा मम्मा को मेरे जान सो भोग लगी है जानझो को भूख लगी है जोलो आ जाओ भाई मम्मी मेरे बेटे को भूख लगी जोल से हा बेटू भूख लगी ना आपको जोल से भूख लगी वो मेरे बेटे को भूख लगी है भाई जोल चे भूख लगी मेरे बेटे को दो हा बेटू भूख लगी ना ओ मेरे बेटू को छत्रपति मेरे बेटे को जुकाम लगी रे भाई हर बेटी जुकाम लगी क्या आपको? बेटू हाँ जुकाम लगी आपको ओ, जुकाम, लगी जुकाम लग गए मेरे बेटे को बस जुकाम लग गई भाई। जुकाम गए मेरे किडू को जुकाम लग गए मेरे किडू को जो जो जुकाम लग गई भाई जुकाम लगी कि बेटू को आपको हर बेटू जुकाम लगी है आपको जुकाम ओ भाई जहाँ जो जुकाम लगी भाई बिटू मम्मा मम्मा कहा गई रे अपनी हाँ बिटू मम्मा कहा गई बिटू बेटू बिटू मम्मा कहा गई रे ममिया मम्मा कहा गई बिटू ओ मम्मा कहा गई हो बिटू मम्मा कहा गई अपनी मम्मा हाँ बेटू देखावा लगाओ तो मम्मा मम्मा मामा मामा देखो मामा कहा बेटू हा बटू ममा कहा गई ओ मेरे बेटे को मामा की था भाई भूख लगी मेरे बेटू को झूल जी भूख लगी है आपको हा बटू भूख लगी ना आपको